हमें नीचे गिराने के लिए तूने बहुत जुगाड़ लगाया कि हमें नीचे गिराने के लिए तूने बहुत जुगाड़ लगाया ना तेरे पैतरे काम आए ना तू जुगाड़ पाया